राम राम बीते उमरिया राम राम बीते उमरिया रघुकुल नंदन कवि आबोगे रघुकुल नंदन कभी आवोगे डरिया रामा राम कुमरिया राम राम मैं सवरी बिल नीच जाई भजन भाव नहीं जानू मैं समरी गिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे राम तुम्हारे दर्शन के इित बन में जीवन पालू रे राम तुम्हारे दर्शन के इित वन में जीवन चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो झोपरिया राम रामर के रे बीती रे मरिया राम रण रटते रटते रट के रटीरे रोज सवेरे वन में जा कर रास्ता साफ कर आती हूँ रोज सवेरे वन में जा कर रास्ता साफ कर आती हूँ अपने प्रभु की खातिर बनते चुन चुन के फल लाती हूँ अपने प्रभु के खातिर बनते चुन चुन के फल लाती हूँ मीठे मीठे से मीट मीट भैरों से बर लाई रे जबरिया कुमरिया रघुकुल नंदन कभी आवोगे रघुकुल नंदन कभी आओगे दास के जो राम राम रामर तेर कुमरिया राम राम सुंदर शाम चलोनी सूरत नैनों बीच बसाऊंगी सुंदर सामे सलोनी सूरत नैन बीच बसाऊंगी पद की रज धरी मा तक चरण में शीत नमागी पद की रज धरी मा तक चरणों में शीर्ष नमाऊंगी प्रभु जी मुझे भूल गए क्या प्रभु जी मुझे को भूल गए क्या लो दादी की खबरिया राम राम रखते रखते तिरे कुमेरिया रघुकुल नंदन कभी आव रघुकुल नंदन कभी आव हो गे दाशी की जगरिया राम राम रखते रखते राम राम राम रखते